लाडी रे चलता दिखे न चंद्रमा चढ़ती दिखे ना बेद ये संत सुनिरता दिखे नहीं ये कुदरत का खेल मैं भजन करू उसके साथ साथ जिनको माइक में गौ माता के लिए दान बुलाना है वो जरूर बुलाए मंच से शुरुआत करो पहली हाँ पहली माने ही करवा दियो मैं बेंगड़ खावार लोगार प्रेज थाली ट्रेक थोड़ी ले बड़ा देना और एक माइक इतना सुंदर लगाया एक बार माइक वाले के लिए भी जोरदार ताड़िया घना ही माइक लागे थारा माइक शाबाशी एक बार लकी साउंड के लिए जोरदार तालियां था थारी थारी सफल कमाई महाराज रे सा ईश्वर के कारण जोग फकी थी मालिक के कारण जोग फकी आजा एक दिन मत पकड़ो The one. बाप अपना आया हे बाप को प्यारो इस के तारण चौध फकीरी धार हे मालिक के कारण जोग बस दी मै निर्देश पी रो का